मैं भूली नहीं हसीन मुलाकाती बेचैन करके मुझको मुझसे यूना फे वर्ष काली घटावर से हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में तेरे रामन की खुशबो से महके जमन चंगे मर मर गे जयसाई तेरा बर बिजली तेरे गालों है हैं की बदली तेरे रावण की खुशबो से महके चमन संगे मर मर के जैसाई तेरा बरण घर तेरा सालानी पाल के कल नीला रेठी गायन सबको जो Uddh mata kali, mata kali, eh masa kali, masa kali. Uddh mata kali, mata kali, eh masa kali, masa kali. Uddh mata kali, mata kali, teh masa kali, masa kali. Uddh mata kali, mata kali. सर ga sa na na na na ha te sta ne le tu cha ne le ga sa na na na na ha e sa ka le mo sa ka le u du ta ka le mo ta ka le e sa ka le mo sa ka le u du ta ka le u du ta ka le e sa ka le mo sa ka le u du ta ka le u du ta ka le Taham, pran Gosaya jam, you, maham, tum, chaletere mere s ras to pe nangi. चल भटकले बावते भेरा बाबि निगा ए